भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इसरो से जुड़े तथ्य फैक्ट नंबर वन इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा वर्ष 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई थी उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है फैक्ट नंबर टू इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है और देश भर में इसके कुल तेरह सेंटर है फैक्ट नंबर थ्री इसरो में लगभग सत्रह वैज्ञानिक काम करते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि कई वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन इसरो को समर्पित कर दिया और आजीवन विवाह नहीं करवाया फैक्ट नंबर फोर इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं फैक्ट नंबर फाइव आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का अंतरिक्ष विभाग पहले भारत के परमाणु विभाग के अंतर्गत हुआ करता था पर अंतरिक्ष विभाग का काम बहुत ज्यादा था और इसलिए वर्ष उन्नीस में इसे इसरो के नाम से अलग संस्था बना दिया गया फैक्ट नंबर सिक्स अक्टूबर 2016 तक इसरो 100 से भी ज्यादा देशी और विदेशी सेटेलाइट लॉन्च कर चुका है विदेशी सैटेलाइट्स में कई अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के भी हैं। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने से इसरो को 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई हुई है फैक्ट नंबर सेवन चंद्रयान एक अभियान के तहत इसरो ने एक मानव रहित यान को रिसर्च के लिए चांद की कक्षा में भेजा था फैक्ट नंबर एट चंद्रायन 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया और चांद तक पहुंचने में इसे करीब 5 दिन लगे और चांद की कक्षा में स्थापित होने के लिए इसे 15 दिन का समय लगा फैक्ट नंबर 9 वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रायन एक दो साल तक काम करता रहेगा परंतु दुर्भाग्य दस महीने बाद ही अगस्त दो को चंद्रायन ऐसी सम्पर्क टूटने के बाद ही इस मिशन का अंत हो गया पर अच्छी बात यह रही कि इन 10 महीनों में ही चंद्रायन ने अपना 95 प्रतिशत काम पूरा कर लिया था फैक्ट नंबर 10 आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रायन एक की वजह से ही भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया है चंद्रायन ने चांद पर मौजूद चट्टानों पर पानी होने के पुख्ता सबूत भेजे थे जिसे दुनिया की बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी माना इलेवन मंगलयान मिशन के तहत इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की और एक उपग्रह भेजा था जो दो दिन की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया फैक्ट नंबर 12 मंगलयान के मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल में पहुंचने वाला पहला देश बन गया इससे पहले किसी भी देश का पहला मंगल अभियान कामयाब नहीं हुआ था थर्टी भारत मंगल ग्रह आरोप पहुँचने वाला एशिया का पहला देश भी है क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे रॉकेट होता है जिससे उपग्रहों को छोड़ा जाता है इसरो के पास दो प्रमुख रॉकेट हैं और राकेट है पी एस एल वी और जी एस एल वी इफ यूट क्लिक ऑनेंट एंड चैनल